टनी में वन विभाग की केंद्रीय रोपड़ी में काम करने वाले तमाम मजदूरों ने हड़ताल कर दी है रेंजर की मनमानी के चलते इन मजदूरों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है इस कारण परेशान होकर मजदूरों को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा केंद्रीय रोपड़ी नर्सरी सरस्वरी में काम करने वाले तकरीबन एक मजदूरों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है मजदूरों ने बताया उन्हें तीन माह वेतन नहीं दिया जा रहा है और काम बराबर करने के निर्देश निरंतर दिए जा रहे हैं नर्सरी में चौकीदारी का काम करने वाले सुधीर कुमार ने बताया कि लंबे समय से हम सभी इस में का काम हस्तक्षेप किया जा रहा है अपने ही पैसे के लिए विनती करना पड़ रही है फिर भी हमारी पेमेंट रोकी जा रही है अब कहा बताए रेंजर साहब से मिलना चाहते है रेंजर साहब भी आके बात नहीं कर रहे है ना वही कह देते है की एस डी ओ साहब वहाँ रुका हुआ है काम अब हम लोग कहा जाने कि क्या कैसा हम तो यही वालों को जानते हैं कि जो काम करवाएगा हमसे हम हम उसी को जानेंगे है ना तो अब पैसे के लिए हम लोग चार चार महीना हो गया चार महीने से हम लोग आज नहीं कल कल नहीं परसों परसों नहीं एक हफ्ता बाद चार महीने हो गया अब तो हम लोग भूखो मरने का नंबर आ गया मिलेगी आज नहीं आज नहीं, आज नहीं कल कल नहीं परसों ऐसे लगे हैं कि मिलेगी मिलेगी हम क्या खाएं क्या पांच रुपए तो नहीं है लड़का मांग रहे हैं तो भूखा मारा बताओ अब भूख नहीं मरने के नौमत आ गए हैं यहाँ सर यहाँ भैया बीस लेबर तो यहाँ करती है अभी फिर बाद में तो सौ भी हो जाती है डेढ़ सौ भी हो जाती है दो सौ भी हो जाती है तीन सौ भी, भी हो जाती है जब मौके लगता है तो काम आता है तो सब मेयर की लेबर लगता मजदूरी की मांग करने पर रेंजर पवन राय का मजदूरों से साफ कहना है की जहाँ शिकायत करना है वहाँ करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नर्सरी में काम करने वाले मजदूरों ने भी आरोप लगाया कि रेंजर अपने सगे संबंधी बहनों को सरकारी नर्सरी में देखरेख एवं सरकारी कामकाज करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है यही वजह है कि अब मजदूरों को नियम अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है रेंजर साहब से हमने कई बार बोला तो इससे पहले पेमेंट के लिए बोला तो वो बोले की पांच तारीख को आ जाएगी पांच तारीख के बाद फिर हमने बोला तो बोले पंद्रह को आ जाएगी पंद्रह के बाद हमने बोला तो बोले बीस को आ जाएगी फिर 18 को आए हमने बोला सर 20 को आई जाएगी तो बोल नहीं 21 को आ जाएगी अब आज दिनांक तक पेमेंट नहीं हुई है लड़के हुई। तीन महीने 10 दिन हो चुके हैं लड़के बच्चों को बीमार हैं लेकिन उनके इलाज के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज